शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुँचती है तो आओ कभी हवेली पर नमस्कार स्वागत है आपके भाँसी वाले न्यूज में अभी आ गए हम घुसुखपुर गांव में देखिए यहाँ रोड का कैसे हालत हुआ है दिखाओ भाई दिखाओ कैमरा वाला दिखाएगा रोड का कैसे हालत हुआ है कभी भी कोई किचरो गिर जा सकता है इस पर किसी का ध्यान नहीं है चलिए हमारे चाचा आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या ऐसा रोड हुआ है इस पर काय न्यान दे रहे है चाचा चलिए चाचा का, चाचा से हम पूछते हैं कि रोड का ऐसा हालत क्या हुआ है रोड दिखाई अभी थोड़ा सा छोचा हुआ पानी, पानी पानी लग है, है। का इस बताइ इसके बारे में पूछ ए बबुओ छा जान ला छा हाँ। सा एक वार्ड सदस्य जीतल कौर हम कहनी कि हे बबुआ जा लगन खेदल मुखिया से कह कि भाई जीत जीतबे तो कम से कम है हमारा वार्ड में है रोड एगो बार एक के बनवा दो कोबर हम सीचना देनी कोबर कहनी को कि बाल बच्चा पोखर के जोड़ी के जोधे एने हो जाता तो हाचारे हो जाता आ लड़का शुरुख देख के पोखरिया के जाता को हाथ में गिर जाता रहता कौ गो लड़का गिर गई रहते हैं आप लोग का ध्यान कहाँ है अरे भाई अब क्या करब लगन हम जितना लोग बैब प्रथा के लोग बात मजदूरी कमा चुका केहू के अपना बाल बचा के परवरिश करता यही आशा से न कि जीत जें तो कम से कम के रोडो बना दीहन तो हमनी के बाल बचा के चल के सुरक्षित हो जाए कौ बारोल ग कौ बार नही जो जानी तब तो पहले हे बाबा जी बन जाएगा ए बाबा जी बन जाए आंसे बन से बौन से जब बरसात के दिन आग अब तो हमारा बड़ी कठिन लागत है बबूओ कि अगर बरखा बरसात होके लोग घर में लुकाई होके आ गहूँ के लड़का जाए आगे गोर अगर बिछिल गए आ पोखरा में गिर गए, तो लोग आवे आगे चले लैका पानी पी में फूल जाए हमने सुना हमे सुनो तो सी बनने वाला था पी पी पास हो गया था अभी सब पूरा ढलवा दे हमे सुनो पी सी सी ढलने वाला था इसे ढोल वाला तो रहे मगर एगो बात बुझतरो चलो नई दुआ पर के माटी केतना ले जाता चप्पल में रगड़ के अच्छा। आ कर जोर जोड़त आ हमिक आशीर्वाद देह दुखा देता आ जहाँ बबुओ जीत आरसरा खोज कर जोड़ चप्पल टूट जाता मगर भेटात नई खस ऐसे अच्छा। अच्छा मुख्य आप लोग के अरे बबुओ केहू के पेट में तू झुकल बड़ा के देह मुख आप पैसा लेके भोट दिया काम नहीं हो रहा है नुपया करिए मुखिया जी ब्लॉक में शिकायत कीजिए मुखिया जी वार्ड से उप वार्ड वाले से बोलिए मुखिया जी से बोलिए तब ना काम होगा आज उप मुखिया के लगे हमारे जाए के बाद आ के वहाँ शिकायत बबुआ, चल के देखा लोग के देख लोगा चले के तन का रास्ता नहीं है अगर तन का कोस के पानी हो जाए तो ये मुखिया आदमी का आदमी मालजाल जाए तो जन तो हम दिखाते हैं देखिए इधर और चुनक है इधर आइए आइए नजदीक आइए इधर ये ये जाए, जाए।, जाए बबुआ ना ना तो हाल जाए हाल गया कि गया इसमें हम जाए जाए। कितना है है ठीक इधर है। है तुम पढ़ने जाता है हाँ, पढ़ने जाते हैं ऐसे रास्ता पढ़ा जाता है हाँ। तुम गिरता नहीं है गिर गया है कितना बार गिरा है दोस है, है है। है, है। कुछ नहीं करता है। तो थीज़ा थीज़ा थीज़ा थीज़ा है। नहीं, नहीं करता सरकार सरकार से हम तो सरकार तो से हम लोग बोलते तो करेगी। अच्छा, ठीक ठीक इस ध्यान आना जाना, रिपोर्टर तो साहब हमारा घर गिर गया है गिर गया है। बारिश में बोला था लोग ठीक है अभी तक नहीं लोग हमारा घर गिर चुका है हम लोग कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे चलो तुम्हारे घर का कर निरीक्षण करते हैं हम जी थोड़ा आ गए उससे बेहतर स्थिति तो इस छोर में है कैमरा मैन आइए इधर दिखाते हैं हम आइए इधर आइए देखिये रास्ता पहले रास्ता था उधर दिखाए कैमरामैन उधर देखिए रास्ता कहाँ से था उसके शीख से बना हुआ था अभी रास्ता कहाँ पे आ गया है पूरा पढ़ते पढ़ते पूरा खत्म हो गया है रास्ता पूरा एकदम से आइए इधर देखिये ये रास्ता क्या हो गया है अल का इधर उधर इधर इधर अल देखिये अब यहाँ कितना बचा हुआ है बस एक, एक फिट पंद्रह फीट के रास्ता में एक फीट बचा हुआ जाने तो का तुम? तुम है इधर आओते घर इधर है तुम कैसे तो आता जाता है बरसात में तो लेकिन दिक्कत होता है पूरा यहाँ पे पंद्रह फीट का रास्ता बनाता है पूरा भरा गया है तुम लोग शिकायत भी करता है मुखिया से अरे करते है तो ही नहीं है तो वोट देने का समय तो में नहीं देखना चाहिए कि मुखिया जी किस अच्छा आद, आदमी को हम वोट देता है कम से कम ये सब विकास का काम हो, हो। जब काम रहता था था है कोई काम ही नहीं हुआ बात तो सही है ये तो हकीकत बात है हम लोग जमीनी हकीकत आप लोग को दिखा रहे यहाँ पर एकदम रियलिटी है जो घटना यहाँ का है रियलिटी है कहाँ था कहाँ से क्या हो गया है ठीक है देखिए कोई बच्चा आता है इसमें गिर जाता है अभी बहुत खतरनाक हो गया है कोई भी बच्चा आगे गिर जाएगा इधर से चलिए आगे का रिपोर्ट और हम लोग को बताते हैं आप लोग ऐसे जुड़े रहिए हमारे न्यूज में चलिए आ गए हैं फिर हम पोखर के तीसरा छोर में इधर का रास्ता देखिए एकदम पश्चिम साइड में इधर का रास्ता देखिए कितना डेंजर एकदम खतरनाक है खतरों से खेल के लोग आ रहा है जा रहा है आए कैमरा मैन जाइए चप्पल निकाल कर हम लोग को पार करना पड़ रहा है रास्ता अरे उधर उधर गिर जाएगा तुम लोग क्या दराव। देखिए रास्ता कितना बोल गया है हम लोग उठते चले आ गए चले रहे है।, है।, है, है रास्ता के पूछते हैं रास्ता ऐसा हुआ है ऐसा दो महीना लोग खाला आईफोन रास्ता बाटे जाय आगे के इतना दिक्कत बाटे घरवा तो लोगे पड़े जानी आउनी रोज सबके पड़े जाई लेई मुड़ी पड़े लदकर लग जाई वही पर रस्ते पड़े जाई तो मुखिया जी से ना ए सब के कहल चर्चा करे चाहिए दो बेर कोने नाढे त दुठोरा माठियो गिरा के आसन बढ़ा बनवा दे ना कुछ कोई लख लो कि ना कुछ ना बोल लख लो अब पर मुखिया वार्ड कह देले बानी वार्ड से कह देले बानी वार्ड से कह देले बानी ई सब लोग खाली वोट ले वाला बैठे कि ना वोट ले जाओ के नजर नहीं खाओती लो ना आईफोन बजा आदमी ऑन ना खला भरते रास्ता तो बहुत डेंजर बैठा हम खुदे जाते चप्पल निकाल नहीं से पूछे बात के बारे में रास्ता के बारे में तो। चलिए आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिये देखिये रास्ता कितना डेंजर है ऐसे ऐसे आप लोग को हम न्यूज दिखाते रहेंगे देखिये लोग कितना परेशान बेहाल है रास्ता के चलते थोड़ा सा बारिश हुआ है इतने बरसात में लोग एकदम से परेशान बेहाल हो गया है ऐसा रास्ता आज तक हम नहीं देखे चलिए कैमरा मैं कैमरा बंद कीजिए ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें घसी वाले न्यूज पर कैमरामैन शनकाबा के साथ एक कैमरामैन चलो बंद करो